हम लोगों ने हैकिंग के बारे में बहुत सारे मूवीज और वेब सीरीज देखी होगी क्योंकि उसमें थ्रिल बहुत होते हैं तो क्या आप जानते हैं हकीकत में भी ऐसा होता है जी हाँ दोस्तों सिर्फ 15 साल के लड़के ने साल 1999 में नासा के सिस्टम को हैक कर लिया था तो उस लड़के का नाम क्या था तो जानने के लिए बने रही हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले जूनाथन जेम्स ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कोट को हैक कर लिया था जिसको ठीक करने में नासा को तीन हफ्ते और तीन करोड़ रूपए खर्च करने पड़े थे और उसके ये जूनासन जेम्स को छह महीने की जेल हुई थी साथ ही साथ उसे एक माफी पत्र लिखकर देना पड़ा था नासा को और इस हैकिंग की दुनिया में इन लोगों को ब्लैक कहते हैं जो सिर्फ अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए हैक करते हैं